दुआ भी लगे माँ मुझे गवा भी लगे माँ मुझे जब से दिल को मेरे तू लगे है दुरा तू selo come tu ne u chagare gi vu sa se vonenta anche de mona ma la tua del cocanara cosa te रोज पूछे ये हवाएं हम तो बता के हार तेरा करते हैं हमसे तारे है